नताशा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। माँ तो ठीक तो है आवाज़ दे जैसे ही वो माँ के कमरे के अंदर जाती है हे भगवान माँ तो गायब है ऐसा कैसे हो सकता है मैंने आवाज़ तो यहीं से सुनी थी सब कुछ रूम में वैसे का वैसा ही है क्या माँ इतनी जल्दी कहीं दौड़ते हुए गई होगी नताशा तो दौड़ते हुए नीचे की ओर जाती है और देखती है कि घर के सारे दरवाजे बंद है ये देखकर कर नताशा के होश उड़ गए और उसने तुरंत अपने दोस्त करीम तान्या को फोन किया और बोली माँ गायब हो गई है तुम सब जल्दी आ जाओ तान्या नताशा के घर पहुँचती और सारा हाल देखती और बोलती है कि ये बैग अंडी के कमरे में क्या कर रहा है और वो बैग उठाती है और करीम को दे देती है और करीम से बोलती है कि इस बैग में एक सापित आईना है जिसके कारण ये सब घटनाएं हो रही हैं तुम जाकर इस बैग और इस आईने को ऐसी जगह छुपा दो जहां पर कोई इसे ढूंढ ना सके तो करीम उस बैग को ले जाता है और छिपाने के बजाय अपने पास रख लेता है लेकिन कुछ ही घंटों बाद करीम